राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रमुख दिग्विजय सिंह के भाई कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ही भारत जोड़ो यात्रा को कटघरे में खड़ा कर दिया है और शीर्ष नेतृत्व से जवाब मांगा है कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह हमेशा ही कुछ गलत होता देखते हैं तो सवाल खड़े करते रहते हैं लक्ष्मण सिंह के सवालों से सबसे ज्यादा परेशानी भी कांग्रेस को होती है इस बार लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर भारत जोड़ो यात्रा को कटघरे में खड़ा कर दिया है लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर कहा है कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश में 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीत रहे हैं। विपक्ष में रहने के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों बनी है शीर्ष नेतृत्व उत्तर दे सकता है हालांकि लक्ष्मण सिंह के ट्वीट का कोई जवाब नहीं दिया गया है लेकिन उन्होंने राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस आरोप ही सवाल खड़े कर दिए है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले